कैसे कैसे दिन के। अब कैसे कहियो कैसे मेहलो कने धुखलोलो तो देख के जाने मारे जाने मारे ना देखे कने खाली जब मारे लगल ना से बोलिया निकले छेके बोलिए निकलिए है ना अखियाल हल कैसे देखियोदम हल के गोय लेले आए आदमी ले वो घालो सिधो बताइलो और बाकी सब बैठन है बैठ के कुछ सुतल है वो पर बैठ के और घरवा बढ़िया लुका घरवा बणी कसन हलो घरवा ना सुले ना घरवा कतो कहते नहीं पर 50 गो आदमी होते बढ़िया कतो घरवाने हाल है बड़का का घर बनावे लगले कि 50 आदमी ऐसे हमरा लगे कुछ कुछ गाड़ी उड़ी में लेवे लेल का कोई उड़े उड़े वाला उले वाला हम हाँ हम के के, के, के ले जी तो तो तो <laughs> ले ले ले ले जाओ जाओ कांटा कर में ना ना हो भगवान भगवान अरे इतना लेके को तो मामा के देखे ले लेने आया था दूतबन कह कि मामा के अब समय हो गया है ऊपरे घर बन चुका है तब मामा के ले जाने वाला है समझे बस यही कहना चाह रहे थे हाय कह हाँ। कहा नही मामा जगह है घर घर बन ऊपर, ऊपर तू तू बना दे, जो ठीक है से, बोलो, आप आके देखा कहिया, वाला, खरना से निकल रजवा के कुत्ता बन गए मिलावे